एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में फेस पैक ऐसा हो जिससे आपका फ़ेस बिल्कुल भी ड्राई ना हो एंड मॉइस्चर रहे सो so, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना फ़ेस को क्लिनजिंग करूँगी सो so, मैं क्लिनजिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ विंटर है फेस वॉश से करने से फेस ज़्यादा ड्राई होता है और क्लिनजिंग से फेस वॉश करने मॉइस्चर रहता है सो so, मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ इसमें क्रीमी है मॉइस्चर रहता है सो so, इसीलिए मैंने अच्छे से इसको जैसे आप नॉर्मली वॉश करते हो मैं वैसे ही कर रही हूँ और इसको स्क्रब टाइप का करना है ताकि इसमें जितना भी आपका थोड़ा जो ड्राइनेस होता है ना जो विंटर में जो स्किन थोड़े थोड़े निकलते हैं ना वो अच्छे से रिमूव होता है सो आफ्टर वॉश मैं यहाँ पे अपना फेस पैक बना रही हूँ सो so, सबसे पहले आपको टू टी मलाई लेना है वन टी बेसन लेने हैं उसके बाद आपको हल्का पिंच ऑफ टर्मरिक लेने हैं एंड एलोवेरा ये आपको चारों को अच्छे से मिक्स करके इसका ऐसा पेस्ट बनाना है पेस्ट बनाने के बाद आपको इसे पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेना है आपका ये पैक लगाने से एक तो आपका फेस बिल्कुल भी आपको ड्राइनेस फील नहीं देगा जलन नहीं होगा फेस खींचेगा नहीं एक विंटर में जो ग्लो चला जाता है वो ग्लो देता है एंड आप इससे फेस पैक लगा के ऐसा मतलब महसूस होता है कि एक होते हैं ना कि टाइम टाइम पे जब थोड़ा सा इवनिंग टाइम में फेस ड्राइनेस होने लगता है तो वो चीज़ नहीं होता है सो आप ये फेस पैक को इसे वीकली आप लगा सकते हो एंड इसको लगाने के बाद ना आपको इवन मॉइस्चराइजर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली आप बहुत रिलैक्स फील करोगे बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है विंटर में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना वॉश करना बहुत दिक्कत होता है मतलब प्रॉब्लम होता है विंटर में सो so, आप ये फेस पैक बेशक यूज़ करो आन यू विल सी द रिज़ल्ट मेरा फेस पैक यहाँ पे लग चुका है अभी मैं इसे थर्टी मिनट्स के लिए छोडूंगी सो आफ्टर थर्टी मिनट्स ये इस तरह से ड्राई हो गया है और आपको इसे अच्छे से स्क्रब करके सिर्फ़ नॉर्मल वाटर जो अच्छा अगर हल्का लुक वाम वाटर होता तो आप उससे भी रेंज कर सकते हो हल्का लुक वाम वाटर ज़्यादा नहीं उसके बाद आप कोई अच्छे से क्लिन कर लेने हैं उसके बाद आप देख सकते हो कितना फेस साफ हो चुका है क्लीन हो गया है एंड एकदम ही ड्राई महसूस नहीं हो रहा है मॉइस्चर लगता है एक्चुअली मैं ये पैक लगाने के बाद ना मुझे तीन चार दिन कोई मॉइस्चराइजर वग़ैरह लगाने ही नहीं होते हैं लाइक इट्स फील लाइक मॉइस्चर है ड्राईनेस नहीं है सो so, आप इस फेस पैक को ट्राई करो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना थैंक्स फॉर वॉचिंग